मस्त रहता हूं अपनी मस्ती में नहीं जाता गद्दारों की बस्ती में मां कर देता हूं ऐसी बस्ती की जहा कदर नहीं होती मुझ जैसी हस्ती की